हाल ही में संदीप मैसूरी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे आप सभी जानते हैं संदीप मैसूरी का एक YouTube चैनल है जिस पर बाईस मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और वह मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, है कि इस चैनल को अभी तक मोनिटाइजेश किया गया है इसकी वजह से इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऐत नहीं आता है न ही इस चैनल ऐसी कोई कमाई होती है आप सभी लोग जानते है बिना प्रोफेस के कोई भी चैनल मेहनत करना सबकी बात नहीं होती है इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा बिना प्रोफित किए जाने वाले YouTube चैनल बन चुका है दोस्तों संदीप मैसूरी का मानना है ज्ञान और मोटिवेशन फ्री में दिया जाता है ना कि पैसों के लिए संदीप मैसूरी की यह बात सही है या नहीं अपनी राय कमेंट में जरूर तो बताएं।